दोस्तों बिहार सरकार उद्यमी योजना के अंतर्गत बिहार के बेरोजगार भाई बहनों को बिहार के नागरिकों को दस लाख रुपए का अनुदान दे रही है जो कि जिसमें कि पाँच लाख रुपए की, की सब्सिडी है और पाँच लाख रुपए पर आप अगर पुरुष है तो आपको एक परसेंट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा और महिला है तो उनको जीरो परसेंट का इंटरेस्ट देना है और ये जो अनुदान राशि है वो तीन किस्तों में दिया जाएगा और इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है वो बदलाव क्या है जिसको कि आप जानकर लगभग लगभग आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएगी अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको समस्या आ रही है जीएसटी बनवाने के लिए क्योंकि आप जब उसमें एक उसमें कुछ डॉक्यूमेंट लगते थे जिसमें कि एक डॉक्यूमेंट था करेंट अकाउंट आप का प्रोप्राइटरशिप है या प्राइवेट uh, लिमिटेड है या किसी भी अपने आपने जो फॉर्म बनाया है उसके नाम से एक करेंट अकाउंट लगता था और उस करेंट अकाउंट को खुलवाने के लिए जो सबसे बड़ी समस्या आती थी वो जीएसटी की है और जीएसटी ऑफिस में इतनी भीड़ है सेल टैक्स ऑफिस में इतनी भीड़ है कि अब जो सात दिन में आपका जी नंबर आता था अब उसको करीब करीब डेढ़ दो महीने लगते हैं फिर भी लोगों को जी नंबर नहीं मिल पा रहा है जिस वजह से उनका करेंट अकाउंट नहीं खुल रहा है लेकिन बिहार सरकार ने इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया है इसमें इतना अच्छा बदलाव है कि आपकी समस्याएं अब लगभग लगभग दूर ही हो जाएगी और आप कल ही इस उद्यम योजना के अंतर्गत मिलने वाले अनुदान के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो बदलाव क्या है वही आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों इसमें जो डॉक्यूमेंट लगता था पहले वो आपका आवासीय लगता था इंटरमीडिएट पास सर्टिफिकेट लगता था और इसमें एक करंट अकाउंट एक लगता था लेकिन अभी क्या हो गया है बिहार सरकार ने ये बदलाव किया है कि वो करेंट अकाउंट आपको लगे आपको बनवाना है लेकिन उसके लिए आपको जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है आप बैंक में जाइए और अपने नाम से करेंट अकाउंट खुलवाइए और फिर उसको अपने इस उद्यमी योजना के लिए अप्लाई करिए और जैसे ही वो आपको लोन आपका पास हो जाता है फिर आप उस करेंट अकाउंट को अपने फॉर्म के नाम में अपने फॉर्म अपने कंपनी में कन्वर्ट करा लीजिए और जीएसटी नंबर उसमें ऐड करवा दीजिए और फिर वो जो अनुदान है वो आपके अकाउंट में आएगा तो आप पहले जीएसटी नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है करेंट अकाउंट खुलवाने के लिए तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ये जो योजना है इसकी शुरुआत हुई थी 18 जून को जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे या अब आप, आप, आपने अगर नहीं किया है तो आप अप्लाई कर लीजिए और ये 18 सितंबर तक चलेगा मतलब इसका ये कंडीशन था कि ऑनलाइन तीन महीने तक आप आवेदन कर सकते हैं तो 18 जून को इसकी शुरुआत हो गई थी और 18 सितंबर तक ये ख़त्म हो जाएगी तो लगभग लगभग आपके पास अब एक महीना बचा हुआ है आप उद्यमी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए अब आपको जीएसटी देने की ज़रूरत नहीं है और मैं आप आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे बिहार सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी बताता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और क्या क्या चेंजेज किए की, गए हैं तो आप ध्यान से बने रहिए इस वीडियो के साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा कौन कौन सा सर्टिफिकेट लगेंगे और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं आपको सीधा लेके आ गया हूँ के वेबसाइट पे यहां पे आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट है उद्योग विभाग बिहार सरकार का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रमुख बिंदु में क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ संबंधित प्रक्षेत्र के युवा युवतियों को कुल परियोजना लागत का 25 50 प्रतिशत अधिकतम रुपया पांच लाख ब्याज मुक्त ऋण जिसे सात वर्षों में आपको अदा करना है स्वीकृत अः स्वीकृत राशि का 50 प्रतिशत अधिकतम पाँच लाख विशेष प्रोत्साहन योजना अंतर्गत अनुदान सब्सिडी दे होगा मतलब कि आपको दस लाख रुपए दिए जाएंगे जिसमें कि पाँच लाख रुपए माफ़ है चयन के उपरांत को ओके प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई पच्चीस हजार की व्यवस्था भी की जाए, जाएगी जैसे कि आपका अगर लोन अप्रूव हो जाता है तो आपको दस लाख रुपये दिए जाएंगे प्लस पच्चीस हजार और दिए जाएंगे ताकि आप उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग ले सके और उसके बाद ये पॉइंट है इस योजना के अंतर्गत केवल नए उद्योगों अस्थापना के लिए लाभ दे होगा इस इकाइयों को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 का लाभ भी दे होगा मतलब इसमें कुछ और भी आपको लाभ मिल जाएगा ये जब आपको लोन अप्रूव हो जाएगा और यहाँ पे क्या लिखा हुआ प्रोटैक्टरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खाता या फॉर्म के नाम से चालू खाता करेंट अकाउंट मान्य होगा परंतु आवेदक के ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा अपने व्यक्तिगत चालू खाते को फॉर्म के नाम से परिवर्तित कराकर होटल पर अपलोड किए जाने के उपरांत ही राशि का हस्तांतरण फॉर्म के नाम से चालू खाते के आरटीजीएस के माध्यम से किया जाएगा मतलब अभी सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो यही बदलाव है दोस्तों सबसे पहले क्या हो रहा था अभी से पहले आपको एक करेंट अकाउंट देना होता था जो कि आपके फॉर्म के नाम से होना चाहिए और फॉर्म के नाम से अगर आप करेंट अकाउंट खुलवाते हैं तो उसके लिए आपको एक जी नंबर चाहिए होता है लेकिन जब आप व्यक्तिगत चालू चालू खाता बनवाएंगे यानी कि जब आप पर्सनल चालू खाता बनवाएंगे तो उसके लिए जी देने की जरूरत नहीं है तो बिहार सरकार ने ने यही सबसे बड़ा बदलाव किया है कि आप एक व्यक्तिगत करेंट अकाउंट खुलवाइए जिसमें कि जीएसटी की, की ज़रूरत नहीं है और आप लोन के लिए अप्लाई करिए और जो बाकी डॉक्यूमेंट लगेगा वो भी मैं बताता हूँ लेकिन सबसे पहला जो बदलाव ये किया गया है बाकी सब वैसे के वैसे है लेकिन लोन में जो समस्या आ रही थी लोन के लिए अप्लाई करने में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही थी लोगों को वो यही समस्या आ रही थी कि उनका जी उनको जी नंबर नहीं मिल पा रहा था और जी नंबर नहीं मिल पाने के कारण उसका उनका करेंट अकाउंट नहीं खुल रहा था और फिर करंट अकाउंट नहीं खुलने के कारण वो इस लोन के लिए इस लाभ के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे थे तो बिहार सरकार ने सबसे बड़ा ये बदलाव किया है कि आप एक व्यक्ति का चालू खाता बनवाइए मतलब अपना पर्सनल एक चालू खाता खुलवाइए जो कि आसानी से खुल जाएगा उसके लिए आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटो देना पड़ेगा और बैंक में जाके आप एक करेंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और वो करेंट अकाउंट से आप लोन के लिए आ, आप अप्लाई कर दीजिए और जब लोन की स्वीकृति मिल जाए आवेदक द्वारा अपने व्यक्तिगत चालू खाते को फॉर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किए जाने के उपरांत ही जब आपको लोन अप्रूव हो जाएगा तो उसको चालू खाते के नाम उस चालू खाते को अपने फॉर्म के फॉर्म के नाम से परिवर्तित करा कर, फिर आप उसको पोर्टल पे अपलोड कर देंगे फिर जो आपका लोन अमाउंट है वो आरटीजीएस के माध्यम से आपको मिल जाएगा अब जान लेते हैं कि एक बार फिर से कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है सबसे पहले जान लेते हैं कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए लाभ बिहार का होना चाहिए बिहार का निवासी होना चाहिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला युवा युवा के अंतर्गत हो कम से कम टेन प्लस टू या इंटरमीडिएट आईटीआई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा दिप्लो, या समकक्ष उत्तीर्ण हो उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए मतलब आपकी उम्र सीमा 18 से 50 के बीच होनी चाहिए आप 50 से ज़्यादा न होगी तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा उसके बाद ये जो पॉइंट है ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको ऊपर समझाया है इसको अभी बोल्ड से इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि ये बदलाव किया गया है इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि प्रोपराइटरशिप के मामले में आवेदक आद, के नाम से व्यक्तिगत चालू खाता या फॉर्म के नाम से चालू खाता मान्य होगा परंतु आवेदक के ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति के उपरांत स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा अपने व्यक्तिगत चालू खाते को फॉर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किए जाने के उपरांत ही स्वीकृति राशि का हस्तांतरण नाम फॉर्म के नाम से चालू खाते में आर के माध्यम से किया जाएगा यह वही पॉइंट है जो कि मैंने आपको वीडियो में सब सबसे पहले जो बताया है वो यही है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन पर किया जा सकता है आपका जो पैन कार्ड है होगा उसके उ, उसके थ्रू ही आप प्रोपराइटरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं जो भी आपकी कंपनी है उसी के नाम से आप करंट अकाउंट बनवा लें अब आइए जान लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हेतु अपेक्षित दस्तावेज महिलाओं के लिए क्या क्या होने चाहिए तो महिलाओं महिलाओं के लिए स्थायी निवास प्रमाण पत्र होनी चाहिए मैट्रिक प्रमाण पत्र जन्मतिथि के सत्यापन के लिए होना चाहिए मतलब आपके मैट्रिक आप जो मैट्रिक का प्रमाण पत्र देंगे उसमें डेट ऑफ बर्थ होना अनिवार्य है इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र होनी चाहिए मतलब इंटरमीडिएट का एक मार्कशीट भी आप दे देंगे तो चलेगा मतलब अगर जाति प्रमाण पत्र जो है वो महिला के मामले में पिता के नाम से होना चाहिए आधार कार्ड लगेगा पैन कार्ड लगेगा फोटो करेंट जो भी तुरंत खींचा हुआ पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा हस्ताक्षर का नमूना लगेगा मतलब आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए बैंक के स्टेटमेंट जिसमें अकाउंट खोलने की तिथि का साक्ष्य हो, आइए जान लेते हैं कि ऑनलाइन आवेदन के साथ अपलोड करने हैं तो ये अपेक्षित दस्तावेज युवा के लिए क्या क्या होना चाहिए तो अस्थाई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए मैट्रिक प्रमाण पत्र या जन्मतिथि के सत्यापन के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र लगेगा इंटरमीडिएट या समकक्ष योग्यता प्रमाण पत्र लगेगा जाति प्रमाण पत्र लगेगा आधार कार्ड लगेगा पैन कार्ड लगेगा फोटो तुरंत खींचा हुआ पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा स्टेट बैंक बैंक स्टेटमेंट लगेगा जिसमें अकाउंट खुलने की तिथि का साक्ष्य हो और एक कैंसल चेक लगेगा तो ये हो गया ये डॉक्यूमेंट आपको लगेगा और इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों वो यही बदलाव है कि आपको अब जीएसटी नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है आप फटाफट एक करंट अकाउंट खुलवाइए और लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए और लोन आपका जैसे ही अप्रूव्ड हो जाए तो फिर आप जीएसटी के लिए तो आप अप्लाई कर ही दीजिए जीएसटी आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग जी के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो आप एक करेंट अकाउंट खुलवाइए अपने नाम से और लोन के लिए अप्लाई कर दीजिए और जो बाकी डॉक्यूमेंट है वो आपको देना पड़ेगा अगर आप पुरुष हैं तो उसके लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट है और महिला है तो उसके लिए कुछ अलग डॉक्यूमेंट है ये बिहार सरकार का युद्ध में योजना है जो कि बहुत ही बेहतर योजना है जिसमें कि पाँच लाख रुपए आपको अनुदान स्वरूप दिया जा रहा है जो कि आपको रिटर्न नहीं करना पड़ रहा है और पाँच लाख रुपये आपको चौरासी किस्त में आपको जमा करना है अगर आप पुरुष हैं तो आपको एक परसेंट ऋण पे ब्याज दिया जाएगा और महिला है तो आपको जीरो परसेंट ऋण पे ये दिया जा रहा है और दोस्तों ये तो अभी तक का अपडेट था जो कि बहुत बड़ा बदलाव है लोगों लो को बहुत राहत मिलेगी इनसे आशा करता हूँ आप जल्दी से जल्दी इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो अगर वीडियो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद